डाय के मौजूद दोस्तों को असल दोस्तों अगर आप किसी से दुनिया के मशहूर तरीन पुल के मतलब पूछें तो ऐन मुमकिन है की वो ब्रुकलीन बुर्ज गोल्डन गेट बुर्ज या फिर जॉर्ज वाशिंगटन बुर्ज का नाम ही लेगा इन तीनों देवकावत पुलों का मालिक होना महज एक इतफाक नहीं मोलिक पुल हमारे जदीद जराये आमदरफ की जरूरत के मुताबिक हैं। दोस्तों सल्तनत रोमा ने पुल के डिज़ाइन को बेहतर बनाने में काफी किरदार अदा किया लेकिन करोने वस्ता और निशाते सानिया के दौरान बहुत कम तरक्की हुई सतरवी सदी के वस्त में चीजें तब्दील होने लगी जबकि सत्रह सौ ईस्वी में पेरिस में एक इंजीनियरिंग स्कूल कायम किया गया जिसका मरकजी काम पुलों की थ्योरी पर काम करना था यहाँ पढ़ने वाले तलबा ने रोमन मेहराबी पुल डिजाइन को बेहतर बनाकर काफी मजबूत स्ट्रक्चर बनाए इन पुलों की वजह से कश्तियों के गुजरने के लिए ज्यादा जगह मिल गई सदी में पत्थर के साथ साथ लोहा भी पुलों की तमीर में इस्तेमाल होने लगा लकड़ी के पुल अब भी आम थे उन्नीसवी सदी के पहले रबा में अमेरिका में तीन फुट तवील पुल बनाया गया इस दौर में अमेरिका बड़ी तेजी ऐसी तरक्की कर रहा था और इसकी आबादी भी बढ़ रही थी जल्द ही आया हो गया की हिटसन ओहायो और मिसिसिपी जैसे दरियाओं पर जल्द या बदिर पुल बनाने पड़ेंगे इन बहरी गुजरगाहों के ऊपर हजारों फीट तवील पुल बनाने की जरूरत महसूस हुई इसके अलावा रेलवे के आगाज ने भी लकड़ी के पुलों को बेकार बना दिया क्योंकि वो ट्रेनों का वजन नहीं सहार सकते थे 19वीं सदी के आखिर में रेलवे इंजन का वजन सत्तर टन और रफ्तार साठ मील फीस घंटा से ज्यादा थी 19वीं सदी के वस्त में लोहे के पुल बनना शुरू हुए लेकिन पुल टूटने के बायस अक्सर हादसात पेश आते रहे तवीर पुलों की तमीर में अब सस्पेंशन तालीक का असूल इस्तेमाल करने के मुतालिक सोचा जाने लगा दोस्तों दिलचस्प बात आपको बताएं कि लचकदार केबल की मदद से फिजा में मोलिक पुल दरमियान में से गुजरने का रास्ता मुहैया करता है लंबी लंबी केबल्स को दूर तक फैलाना नामुमकिन है स्टील की तारों पर मुश्तमिल्स बा कमजोर लगने के बावजूद बड़ी ताकतवर मजबूत होती है मोलिक पुल के हवाले ऐसी संजीदा तहकीक का आगाज अठारह सौ एक ईस्वी में हुआ जब जेम्स फिनले ने यूसैन टाउन पेंसिल्वेनिया के मकाम एक 70 फुट के ट्विन टावर पुल को सपोर्ट करने के लिए दीगर लोहे की जंजीरें इस्तेमाल की 1826 सौ ईस्वी में थॉमस तेलफोर्ट ने वेल्स में 580 फुट तवील पुल डिजाइन और तामीर किया इसमें भी लोहे की जंजीरों से काम लिया गया इसके अलावा ये पुल जल्दी दुनिया भर में मशहूर हुआ और आज पैंसठ साल बाद भी जेर इस्तेमाल है नाजरीन अमरीका ने मौलिक पुल बनाने का काम उन्नीसवी सदी के वस्त में शुरू किया अठारह ईस्वी में एक फुट तवील मौलिक पुल मगरबी वर्जीनिया में बनाया गया अठारह ईस्वी में एक तूफान के दौरान इसमें शगाह पड़ जाने पर जॉन ए रोबलिंग ने इसे दोबारा डिजाइन किया रोबलिंग ने मौलिक पुल की टेक्नोलॉजी को काफी आगे बढ़ाया इसके अलावा रोबलिंग 1806 ईस्वी में बा प्रोशिया पैदा हुआ और 1826 ईस्वी में बर्लिन से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। पाँच साल बाद वो अमेरिका आया और पेंसिल्वेनिया में एक फॉर्म की तमीर में मदद दी उसके बाद अठारह सौ ईस्वी में वो पेंसिल्वेनिया स्टेट गवर्नमेंट में सिविल इंजीनियर बना इसने में, इस में न्यू जर्सी में कई तारों पर मुश्तमिल रस्से की तैयारी शुरू की कबल वो एक चौड़ी नहर पर मौलिक पुल तामी कर चुका था जल्द मौलिक पुल तमीर करने के दीगर मनसूबे भी ले लिए गए दोस्तों दौर में जेरी मैन और ब्रुकलिन को मिलाने की शदीद जरूरत महसूस की जा रही थी कश्तियाँ और जहाज ना महंगे और खतरनाक होते जा रहे थे लेकिन ईस्ट दरिया पर बनने वाला पुल पुल हजारों मील होना था। में को ब्रुकलिन करने के लिए चीफ इंजीनियर मुक्र किया गया उसके अलावा दोस्तों इसके तैयार करदा डिजाइन के मुताबिक पुल की लंबाई एक फुट थी यानी दुनिया के तमाम पुलों से कहीं ज्यादा दोस्तों मनसूबा मंसूबा सौ उनहत्तर में शुरू हुआ मगर रोबलिंग एक हादसे में मारा गया ताहम इसका बेटा मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने में कामयाब रहा इसे मुकम्मल होने में 14 वर्ष लगे अठारह ईस्वी में रोबलिंग के बेटे वाशिंगटन की सेहत बहुत खराब हो गई और ब्रुकलिंग पुल की तामीर के दौरान बिस्तर से लगा रहा तहम इसने तवील जिंदगी गुजारने के बाद 1926 ईस्वी में मौत पाई खूबसूरत और अमली घोड़ों और गाड़ियों के अलावा ट्रेनों की आमदर भी शुरू हो गई 20वीं सदी में मौलिक पुलों की तेज रफ्तार से तामीर का नुकता आगाज था दोस्तों उन्नीस ईस्वी में औथमर एमन के तमीर करदा जॉर्ज वाशिंगटन पुल ने न्यूयॉर्क सिटी को न्यू जर्सी से मिला दिया ये पुल तीन हजार पांच है दोस्तों इन तमाम मौलिक पुलों में से आप किस पुल की सैर करना चाहेंगे कमेंट में जरूर आगा कीजिएगा उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी पसंद आने की सूरत में इससे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा अगली एक और हैरान हैरानकुन वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज